हाय फ्रेंड्स तो देखिए हम लोग अभी शूट करने जा रहे हैं टी के लिए ठीक है छठ पूजा के लिए जो टिकी में जो चल रहा है रैंकिंग में छठ छोटा सा है। के हम को ना? आट, मेरा आईडी तो आप लोग को पता है, आगी लो, आगी लो से से है थोड़ा स्टैंड स्टैंड यहाँ स्टैंड रखा हुआ ये छोटा छोटा है भी है लेकिन भी लेकिन बड़ा तो नहीं नहीं, भी तो नहीं, लिए। नहीं नहीं लिए लिए क्योंकि ठीक पैसा दिया इसलिए इसलिए उसको दे, दे तो आप आप लो, लोग लोग वो दो लो देखिए और वीडियो का मजा लीजिए मेरे आईडी में जाके देखिए ठीक है मानी राजन मानी सख्त लौंडा तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसी करके यहाँ पर छठ पूजा ठीक है छठ पूजा यहाँ पर इसी करके से अभी अभी नहीं लगा दिखने में ठीक है उसका बैकग्राउंड जाएगा तब हम लोग को मजा एडिटिंग करके दिखाएंगे आपको ऐसे मजा नहीं है चलो ठीक है तब आप लोग लगे रहे में